छतरपुर जिले के हरपालपुर में आपकारी विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए कबूतरा जाति के डेरा पर कार्रवाई की और सैकड़ों लीटर देसी शराब नष्ट करवाया इस मामले में तीन लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है कलेक्टर संदीप जेर और जिला आपकारी अधिकारी भीमराव वैद के निर्देश आरोप आबकारी विभाग की संयुक्त टीम ने हरपालपुर के सरसे ग्राम में क्रैशरों के पास स्थित कबूतरा डेरा पर छापामारी की है यहाँ पर ड्रमों और टंकी को जमीन के नीचे दबाकर तीन लीटर महुआ लहान मिला जिसे नष्ट किया गया कार्रवाई के दौरान आपकारी टीम ने देशी शराब बनाने के तमाम सामानों को नष्ट किया और शराब भी जब्त की आपकारी उप निरीक्षक राजेंद्र बिलावर ने बताया कि जब्त शराब की अनुमानित कीमत एक लाख सैतालीस हजार रूपए है वहीं मौके से तीन आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया है जिन पर आपकारी अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई है आबकारी विभाग अवैध शराब खरीदने और बेचने वालों के खिलाफ लगातार धरपकड़ अभियान चला रही है वो खबरें जो आपके काम की है वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है